मंदसौर में विश्वकर्मा जयंती जन्मोत्सव लगना मंदिर पर हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ इस दौरान जुलूस निकालकर विश्वकर्मा जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के लदूना में विश्वकर्मा जयंती पर नगर में जुलूस निकाला गया विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आराध्या देव का जन्मोत्सव मनाया इस अवसर आरोप भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नेहरू युवा केंद्र के सदस्य विनय जांग समाज के वरिष्ठ लगना सरपंच प्रतिनिधि अशोक लिया राम सुखदास आसलिया दीपक आसलिया सहित समाज के वरिष्ठ जन एवं नगर मौजूद रहे संगीत की स्वर लहरियों से, सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के पीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक खेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति ऐसी